इंसान जब रोग थे तो उनकी आंखन से अच्छु ग्रह थे लेकिन मानो हमें जो समझ में नहीं आ रहा कि जब चलो वो इंसान हंसा थे उनकी दाँत का